मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से एक रोचक मामला सामने आया है जहां तीन साल का मासूम बच्चा थाने पहुंचता और, और शिकायत करता है कि मम्मी को जेल में डाल दो वजह सिर्फ इतनी कि मम्मी ने चॉकलेट छोड़ा ली थी ये सब देखकर के थाना प्रभारी प्रियंका नायक हंस पड़ती है अभी देखिए जरा वीडियो। चोरी करती मैंने नहीं वो अम्मी ने अच्छा। अम्मी ने अच्छा, और थी। क्या चुराया और क्या कि ने, ने। चॉकलेट चुराई चॉकलेट चुराई। और ना निजा, निजा. नाम है। है? तुम्हारा क्या पूरा नाम बता